अरे देख के तुझको लगा है झटका अखों से गिर गया है चश्मा ऐसे ना तू आया कर दिल में बजता है घंटा लेफ्ट राइट में करते करते आगे पीछे डोलता हूँ नशा नहीं किया है फिर भी यहाँ वहाँ पर गिरता हूँ ऐसे नहीं तो वैसे तेरे साथ हमेशा रहता हूँ रोज तेरे लिए एक रूप धारण करता हूँ देख के तुझको लगा है झटका अखों से गिर गया ऐ चश्मा ऐसे कर दिल में है दिल में में बजता बजता है है घंटा घंटा छोड़ना उन बातों को तू देगा सो जाऊन से तू ना कर दिलिय मासूम है तेरे खातिर पता नहीं ये क्या क्या कर बैठा है तेरे खा तिर पता नहीं ये क्या क्या कर बेटा है इश्क ने कर दिया है पागल लोगों की तरह आज हम भी हो चुके हैं घायल फ्यूचर अभी ही दिख रहा है आगे संकट ही खड़ा है देख लगा है है है झटका अब कोसे गिर गया है चश्मा इससे ना तू दिल में बजता एक बार फिर सोच ले, दुनिया बड़ी है, रे खातिर रुके हुए हैं नहीं तो उड़ जाते रे उड़ उड़ उड़ जाते रे उड़ उड़ उड़ जाते रे, उड़ उड़ उड़ जाते रे बहला ना फुसलाना मनाना हमसे ना, मना ना, हम ना होगा रे ये देखले इस दुनिया को कैसे होता है प्यार है लगता है अमरी ही किस्मत फूटी है संसार में क्या कुछ भी नहीं ये डर ही मन में छाया है हर वक्त एक साया आँखों के आगे दिखता है देख के तुझको लगा है झटका आँखों से गिर गया है चश्मा ऐसे ना तू आया कर दिल में बजता है घंटा दिल में बजाएगा